बात है, इतना वाइब्रेशन पैदा होना से चाहिए से याद होगा अभी आई एस में फर्स्ट रैंक और टॉप टेन के अंदर कल एक बच्चे से बात हुई तो बोल रहा था सर बिहार के तीन बच्चों का टॉप टेन में सिलेक्शन है वाह मेरे से भी कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं था लेकिन जब बेटा सक्सेस आने लगती है ना केवल तीन साल की है दो हजार अठारह से प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट करी थी और तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद में आज उन्होंने आईएएस का एग्जाम टॉप कर लिया और अपने पे, पेरेंट्स को जब बताया पापा को फोन करके जब उन्होंने कहा कि पिताजी मेरा रिजल्ट आ गया है तो पिताजी ने कहा हाँ कैसा हुआ कि हम टॉप कर गए तो पिताजी ने कहा अरे रिजल्ट बता ना रिजल्ट बता टॉप क्या कर हमारा ऑल इंडिया रैंक बना है उसके पिताजी को विश्वास नहीं हुआ उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग गए थे आगे वो कुछ नहीं बोल पाया तो सेम पोजीशन बेटा आपकी होनी चाहिए जिस दिन रिजल्ट आए खुशी के आंसू माँ बाप की आंखों में हो और गर्व से छाती जोड़ी हो मजा तो तभी आएगा बेटा साइन